मित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है टेक बिहारी जी चैनल मित्रों आज हम बात करेंगे एक और भर्ती के बारे में जी हां मित्रों अगर आप बैंक में काम करने के चुके हैं तो ये जॉब आपके लिए है बहुत ही अच्छी जॉब इसको कहेंगे ऑफिसर रैंक की जॉब एसबीआई में निकल के सामने आ रही है जी हाँ एस बैंक से सोलह पदों की रिक्तियां यहां पर आई हुई हैं ऑनलाइन प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो है सत्रह अठारह उन्नीस सौ चार दिवसों 2022 को आयोजित की जाएगी मुख्य लिखित परीक्षा जनवरी 2023 या फरवरी में ली जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोविजनली ऑफिसर के एक पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं एक इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 12 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं अभी काफ़ी समय है तो कैसे करें आवेदन तो इसके लिए आपको एसबीआई की ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा जो कि www.sbi.com.in है आवेदन कर सकते हैं के माध्यम से चयन प्रक्रिया की बात करें तो युग उम्मीदवारों का चयन लिखित प्रारंभिक लिखित परीक्षा उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा तथा साइक्रोमेट्रिक टेस्ट के आधार पर किया जाएगा अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो और आयु सीमा में 21 से 30 साल के बीच आयु सीमा सामान्य वर्ग के लोगों के लिए होनी चाहिए जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी तो मित्रों बहुत ही रिस्पेक्टेड ये जॉब है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए है बिल्कुल अप्लाई कर दी अगर आप ग्रेजुएट हैं और इसकी तैयारी में लग जाइए आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें जिससे कि आपको समय समय पर इस तरह के रोजगारमुखी रोज़गार से संबंधित वैकेंसी से संबंधित गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और आप जो कि योग्य उम्मीदवार हैं वो इस गुड अपॉर्चुनिटी से वंचित ना रहें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद